दोस्तों और जो है सात फरवरी की थर्ड से छूट चुकी है और भैया खड़ी साथ में भैया नाम क्या है राज्य से थी बहुत सारा लोग थोड़ा घुमा के भी आता मतलब कैसा था जैसे की भराती नगर पालिका से उस घुमा के तब याद है और कोई कुछ चले याद है और एक पुरस्कार थी हम पुरस्कार थे कि वो किसको टीटी -टी कोई पुरस्कार था किसको मिला है अच्छा पुरस्कार से संबंधित पूछा गया है और और कैसे और और भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है जनसंख्या मतलब अपना जनगणना वाला क्वेश्चन आ गया हाँ। मतलब कंटिन्यू पूछा जा रहा है और पंचवर्षीय योजना पंच वगैरह नहीं, नहीं आई प्रधानमंत्री की कोई योजना वगैरह नहीं, नहीं आई जोग्राफी से कोई क्वेश्चन जो एक था वो होती ना अपनी कौन सा पर्वत रोकता है ऑप्शन थे अरावली रोकता है पर्वत उसके बाद अपना कोई इतिहास वगैरह से कोई क्वेश्चन था इतिहास एक था घुमा के दिया था बना नहीं सर बहुत घुमा दिया घुमा के दिया था सिंपल अब आते हैं रीजनिंग रीजनिंग कैसी थी को सिंपल थी। हाँ, को कितने लिए? कर 17. 17. तो बैठक मतलब में छोड़ दी बहुत बड़े था आकृति वगैरह आकृति सिंपल आया था आई थी थी संक्रिया आये हुए एक क्वेश्चन आया था बस चलो ठीक है और उसके बाद आते हैं अपन हिंदी पे हिंदी हिंदी बिल्कुल सिंपल सिंपल देखो अभी पैराग्राफा है कल फसा है था। आज का पैराग्राफ कैसा है आज का प्रायवाची नास्तिक हाँ। कास्तिक बुलूम सब हाँ। और आज का किरकिना मुहावरा और एक मुहावरा और था सिंपल ही था और अपने ये आए होंगे क्या बोलते पैराग्राफ कैसा था पहले? सिंपल सिंपल था ना क्योंकि कल शाम की सिफ्टी में फंसा है और मैथ कैसी थी कितने क्वेश्चन कराए सत्रह सत्रह बाकी तीन छोड़ा कैलकुलेटिवाले सी आई एस आई का अंदर दिया था आठ परसेंट तीन साल उसमें जो कैलकुलेटिव हुआ उसको पहले ही छोड़ दिया और उट ऑफ सिलेबस था क्या, था क्या? था। ये बताओ किस्त वाला था, था, क्या? नहीं आया था नहीं आया था। तो फिर वो प्रोफिट लॉस एक बोझ पाँच हजार में खरीदी चार हजार में बेची कितनी आने एक हजार नहीं आई नहीं नहीं कहाँ से वहाँ पे तुम आ, तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाया तो वहाँ पे स्कोर कैसा आता था सौ बीस एक सौ पंद्रह यहाँ पे कितने करा है मतलब वहाँ से यहाँ क्वेश्चन ज्यादा अटैप्ट और वहाँ पे तो डेली वाले मॉक टेस्ट लगाते वहाँ पे अपने मैथ भी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है मिलते हैं फिर भैया से और भैया खड़े भैया तुमने आएगा एग्जाम कैसे अगली बार में मिलियो फिर तुम अभी तुम्हारे शुभकामनाएं भिजवा देंगे हमें ठीक है भिजवा देंगे और बच्चा देखो थर्ड सिप्ट में मिले हैं जी भैया और जे रह गए फिजिकल को वीडियो मेडिकल को वीडियो सब अपने चैनल पर मिल जाए एक नहीं इनके तीन तीन चार चार वीडियो डाले इनको संघर्ष है तो बहुत और इनके संगे एक और भैया थे भोपाल के और उनको भी डली है वीडियो हालांकि इनसे कहा लेवल पूछे जे कर रहे थे सीजीएल की तैयारी कैसे लेवल को जीरो है लेवल में कुछ दम नहीं है दम बस थोड़ी थोड़ी एक जी दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है और भैया का है पिछली बार के पढ़े हुए अच्छे तो तो इनके लाने तो जीरो लगे लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश करिये क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ हाँ वो एक बजट से था बजट से क्वेश्चन आ जाता है हाँ, मतलब बजट की परिभाषा पूछी गई और एक क्वेश्चन था दो में वर्ल्ड कप कहा हुआ था वर्ल्ड कप और डायमंड वर्क से था एक क्वेश्चन डायमेंड वर्क से और जी एस में एक वो पल्लव था भूमि लेखों के लाने जो ब्राह्मणों को बोला जाता है ब्राह्मणों के संगठन को मतलब हाँ का हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन हाँ, और और और भी थे यार कुछ चलो और लेवल है पिछली, पिछली बार से तो बहुत कम है पिछली बार नहीं है थोड़े से पिछली बार थोड़ी वगैरह था इस बार में उतना नहीं है और और जी बताओ रीजनिंग वगैरह कैसी है रीजनिंग सही है बहुत टोटल इनको बनती है पढ़ाई नहीं देख सकते हमें बता है इनको संघर्ष और कछू जो बच्चन के लाने तुम सलाह दे वो चाह दो हाँ बस तैयारी अच्छी है, है। ना का नहीं है कि पहले फिर जीडी जीडी जीडी ज्वाइन ज्वाइन ना तो। ना कर हम करेंगे चांस चांस है नहीं करें कि चलो भैया अपनी फोटो ले रहे तो ले। भाई पर्सनल नहीं ले रहे यारिजिकल भी क्वालिफाई है बस फाइनल मेरिट से बाहर है बाकी जब आर डब्ल्यू पे टेस्ट वगैरह लगा रहे थे हाँ आर डब्लू डी के मतलब से अधिकतर आ रहा है लेकिन आ, हाँ हमने लगाया था कि एक सौ चालीस एक सौ छत्तीस आ जाता तो तो था अधिकार चार आ रहा है मतलब उन सब पढ़ो रोजगार से अधिकतर देख लो हिंदी में क्रिया चन होगा तुम्हारे नहीं इस बार कुछ नहीं आसो तो संख्या तो, हाँ वो तो सिंपल ही था था चलो ठीक है में में पूछा गया था। एक बाकी बाक हाँ हिंदी कछु नहीं रही कुछ नहीं इंडिया से ज्यादा जानकारी नहीं कि कि इनकी इनकी ट्रेन रही मिले थे फिर फिर अपन हाँ फिजिकल के टाइम पे इनसे स्टार्टिंग से इनकी वीडियो चल अपने